हेलो दोस्तों आज फिर स्वागत है हमारे 2h एच टेक्निकल चैनल में दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कोई भी बंदा आपको आपकी बिना परमिशन के व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड नहीं कर पाएगा आज कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना तो आइए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको वाट्सअप ओपन करना है ओपन करने के बाद ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है यहाँ पर आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करना है सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अकाउंट का ऑप्शन आएगा इसको ओपन करना है अकाउंट को ओपन करने के बाद प्राइवेसी पे क्लिक करना है प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको मिल जाएगा ग्रुप इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे एक एवरीवन, दूसरा माय कॉन्टेक्ट तीसरा है माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट अगर आप एवरी वन क्लिक करोगे तो आपको कोई भी आपकी परमिशन के बिना एड कर सकता है अपने ग्रुप में दूसरा है माई कॉन्टेक्ट इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं और तीसरा है माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट इसको आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप जिनके भी ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते उनको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आप इस तरह से किसी के भी ग्रुप में एड होने से बच सकते हैं तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद